नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पदेव के नागरिक अस्पताल में एमटीपी टी पी किट बेचते हुए महिला कर्मचारी को काबू किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बोगस ग्राहक के जरिए आरोपी महिला को काबू किया नागरिक अस्पताल से जुड़ा करके अवैध तरीके ऐसी बेच रही थी एम किट इस किट का प्रयोग गर्भ को गिराने के लिए किया जाता है बिना डॉक्टर की बच्ची के एम टी पी किट बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों काबू कर लिया राजेश आपको तो बता दें कि महिला कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत के अस्पताल में तैनात है फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में छुटी है सीएमओ ने जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी की उप महिला सरकारी सप्लाई में आने वाली एम टी पी कि तो स्वास्थ्य विभाग ने योजना बना करके महिला कर्मी को रंग के हाथों का नजदीकी गांव की एक गर्भवती महिला डॉक्टर न होने के कारण उसे शनिवार को बुलाया गया लेकिन शनिवार को जब डॉक्टर नहीं मिली तो गर्भवती महिला व आशा वर्कर की मुलाकात अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी रीतु से हो उसने 1200 सौ रुपये में एम टी किट देने की बात कही लेकिन शनिवार को आशा वर्कर व गर्भवती महिला के पास पैसे नहीं थे जिसके कारण उसे सोमवार को बढ़ाया गया आशा वर्कर ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी जिसकी सूचना सिविल सर्जन के निर्देशन के बाद में एक टीम का गठन किया गया और अस्पताल में तैनात कर दिया गया गर्भवती महिला वह आशा वर्कर सोमवार को अस्पताल में पहुंच गई इस दौरान अस्पताल में तैनात आरोपी महिला कर्मी ने रुपये में एमटीपी किट देने के बाद कही और सौदा 1100 रुपए में तय हो गया लेकिन जैसे ही उसने महिला कर्मी को 1100 रुपए दिए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे एमटीपी किट देते हुए तुरंत काबू कर लिया सीएमओ एम भूषण का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है और आरोपी महिला के खिलाफ एम किट के तहत एक्ट के तहत अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज करवाया गया है और देखें पड़ता के विशेष खबर आई थी कि सिविल हॉस्पिटल में एक जनरल ड्यूटी अटेंडेंट है वो बारह सौ में किट जो है एमटीपी की वो उपलब्ध करा देती है उसके ऊपर आज एक टीम बनाई गई थी जिन्होंने आके एक डिपॉ पेशेंट को भेजा और उस लड़की ने चार गोलियां एक म्यूजोपोज की और एक मैक्रोप्टॉन्न की गोली जो है वो उसको दे दी लड़की को और उसके बाद उसने ग्यारह सौ और एक एम टी किट है जिसके साथ गर्भ हो जाता है आउटसोर्सिंग में जनरल ड्यूटी रहना है। एफ लॉस्ट करवा दी गई है एम एक्ट पी एफ और आईपीसी चार सौ बीस के तहत हमने पुलिस का हवाले कर दिया और एफ आई आर लॉन्च करवा दी या की शादी तो कहीं यूनिवर्सिटी में करवे जी 3 साल ये आगे 23 साल ये आगे ऐसे 3 ही चैनल वाले जल्दी नहीं चलिए या एडी दिसशन पे सुपर सीनियर के